अक्सर विवादों में रहने वाली मैर की केजे सीमेंट फैक्ट्री एक बार फिर विवादों में घिर गई है कर्मचारी यूनियन अध्यक्ष मनीष शुक्ला की हत्या का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा कांग्रेस नेता रामनिवास और मलिया ने 10 दिन के अंदर न्याय नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी है उन्होंने कहा मनीष शुक्ला हत्याकांड के पीछे किसका हाथ है यह स्पष्ट होना चाहिए मैर स्थित नेता मनीष शुक्ला हत्याकांड को लेकर कांग्रेस नेता रामनिवास निवास उ ने कहा कि मनीष शुक्ला के दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए उर्मलिया ने कहा कि हत्याकांड की जाँच के लिए एस का गठन किया जाए और हत्याकांड के पीछे किसका हाथ है यह स्पष्ट होना चाहिए इस दौरान मनीष शुक्ला के परिजनों को एक करोड़ का मुआवजा राशि और उनकी पत्नी को पंद्रह हजार रूपए प्रति माह दिए जाने की मांग की गई है और उर्मरिया ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दस दिनों के भीतर दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन होगा और केजेट फैक्ट्री में तालाबंदी की जाएगी हमारी पहली मांग है कि इसमें तत्काल गिरफ्तारी हो जल्द ऐसी जल्द और सीबीआई जांच होनी चाहिए ये तो हम शुरू से ही मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच में अगर कोई बहुत सारी अड़चने हैं तो एसआईटी टीम गठित करें हम आप लोगों के माध्यम से एसपी साहब से निवेदन करते हैं कि इसमें एसआईटी टीम गठित कराएं तो अपने आप दूध का दूध और पानी हो जाएगा सब क्लियर हो जाएगा और 10 दिन का समय हम देते हैं 10 दिन के अंदर अगर सही जो मर्डर करने वाले लोग हैं और मरवाने वाले लोग हैं अगर वो सामने उनके चेहरे पुलिस नहीं लाती है इसमें बहुत बड़ा जन आंदोलन